दोस्तों आज मैं आया हूँ मनाली का मनु टेंपल हाँ दोस्तों जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं मनु वो शख्सत है जिन्होंने मनुस्मृति की किया था और मनुस्मृति का मतलब था कि जो हिंदुओं का जो सनातन वैदिक धर्म का जो कानून था उसको उन्होंने लिखा था उसमें अलग अलग वर्गों में समाज को विभाजित किया था अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के काम उसमें बताए गए थे और आ, किस वर्ग को किस वर्ण को कौन सा काम करना है इसके विषय में भी उन्होंने डिटेल में बताया था मनुस्मृति में तो दोस्तों मैं आज मेरे पीछे ये मनुस्मृति टेंपल है ये वही टेंपल है जिसमें मनु ने बैठ कर के मनुस्मृति की रचना किया था जी हाँ आप देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ है ये और इस टेम्पल की खासियत ये है कि ये बहुत ही फेमस है दोस्तों ये मनु देखे दोस्तों इसकी खूबसूरती टेम्पल तो बहुत अच्छा हुआ है ये लेकिन जैसा है देख सकते हैं यहाँ से ये बर्फ़ की चोटियाँ दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को बर्फ से लदी हुई चोटियाँ हैं वो रोहतांग है दिखाई दे रहा है सामने मेरे रोहतांग बर्फ से लदी बोटिया हैं और ये देखिए पूरा हिमालय और यहाँ पे मनु, डंपल। वहाँ पर फोटो खींचने मना है इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता so, तीन, तीन तीन, तीन. फिर भी आप इसकी लोकालटी जरूर देख सकते हैं ये इस तरह का दिख रहा है